किसी बड़े ने क्या कमाल की बात कही है आपका कक्ष चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो पर आने वाला कल कभी कोई देख नहीं सकता नमस्कार दोस्तों मैं राम मिश्रा मनी मास्टरी गेम में आपका स्वागत करता हूं। एक मिनट दोस्तों क्या आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं अगर ऐसा है तो रुकिए। हो सकता है यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप रियलाइज करें कि थैंक्स यह वीडियो मैंने पूरा देख लिया क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद मैं ये नहीं कहता कि आप धनवान बन जाओगे बट एक बात की मैं गारंटी जरूर देता हूँ कि आप मनी मास्टरी गेम देखने के बाद आप अपने धन को स्वयं कैसे ग्रोथ कर सकते हैं यह जान पाओगे क्योंकि कई बार पैसा हमारा होता है बट उस पैसे से हम खुद तो गरीब बन जाते हैं पर दूसरे को ग्रोथ दे जाते हैं आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मनी मास्टरी गेम इन फाइनेंस तो दोस्तों क्या आप जानना चाहते हो कि मनी मास्टरी किस प्रकार से किया जा सकता है फाइनेंस में यदि हाँ तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों यस माय डियर फ्रेंड लोग चार प्रकार से पैसे को प्राप्त करते हैं पहला है अट्रैक्ट ऑफ मनी दूसरा सेविंग करके प्राप्त करते हैं तीसरा मल्टीप्लाई करके करते हैं और तीसरा पैसे को एंजॉय करके लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि प्रत्येक मनुष्य हर एक व्यक्ति पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है स्ट्रगल कर रहा है स्ट्रगल कर रहा है अंतिम तक बस वो स्ट्रगल मेहनत मेहनत मेहनत कर रहा है मनुष्य के पास दो ही चीज नहीं है एक पैसा और एक समय और वह समय के लिए पैसे के लिए मेहनत कर रहा है बस पर वो दो ही चीज उसके पास है नहीं माई डियर फ्रेंड जब मैंने पैसा कमाना चालू किया जब मैंने इस गेम को खेलना चालू किया तो आई रियलाइज कि मुझे पैसे के लिए हो सकता है दस साल से ज्यादा कमाने की जरूरत ना पड़े अगर मैं दस साल अच्छे से प्लान करूं तो उसके बाद हो सकता है मुझे पैसे कमाने के लिए कंपल्शन ना हो क्योंकि जब भी हम काम करते हैं या तो कंपल्शन होता है या चॉइस होता है क्योंकि काम करता है आदमी मैं ऐसा नहीं कहता कि दस साल के बाद वह काम नहीं करेगा या नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है बट वह जो काम कर रहा है जो पैसे के लिए हार्डवर्क कर रहा है अब तो वह कंपलशन है या चॉइस है इस बात को वो जरूर मेंटेन कर सकता है तो मैंने देखा है जो व्यक्ति काम के लिए या पैसे के लिए कंपल्शन करता है या जिसके पास जिसे काम करने के लिए कंपल्शन है तो उसे बहुत सारा सेक्रीफाई करना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर एक टेंशन होता है बोझा होता है उसको काम करना जरूरी होता है वो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता हर समय वो फ्रस्टेट रहता है परेशान रहता है बेचारा बन के रह जाता है कभी कभी क्योंकि उसको अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका लाइफ टॉफ हो जाएगा ऐसा वो सोचता है उसका फैमिली कैसे चलेगा ऐसा वो सोचता है और इसीलिए उसको कई बार ना चाहते हुए भी उसको अपनी लाइफ के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ता है हाँ माय डियर फ्रेंड लेकिन अगर काम करना उसका चॉइस है कंपल्शन नहीं है ऐसी सिचुएशन में अपने लाइफ को इन्जॉय करता है बहुत ही आसानी से काम करते हुए अपने लाइफ को स्पेंड करता है वो अपने फैमिली को प्रॉपर टाइम देता है वो अपने आप को समय दे पाता है हा माई दोस्त हा माई फ्रेंड्स देन मास्टर द गेम ऑफ पर्सनल फाइनेंस है क्या किस प्रकार से इसको गेम को खेला जा सकता है किस प्रकार से अपने आप को इस फाइनेंस के गेम में मास्टर बनाया जा सकता है वह हम देखेंगे उसके लिए मैंने एक कंसेप्ट देखा है ई वर्सेस आई पीएमआई हाँ यह ई वर्सेस आई होता क्या है माइंडियर फ्रेंड ई एम EMI means Equated Monthly Installment और PMI PMI एम आई का मीनिंग होता है पर मंथ इन्वेस्टमेंट माई डियर फ्रेंड्स आप चाहे इंजीनियर हो डॉक्टर हो गवर्नमेंट जॉब हो आपका खुद का बिजनेस हो शॉपकीपर हो चाहे जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो हमेशा यह देखा गया है कि वह स्टार्टिंग जैसे ही काम करना चालू करता है तो वह लग्जरी को लेना चाहता है सारी लग्जरी अचीव करना चाहता है और यह लग्जरी अचीव करने के लिए कई बार वह ई लेता है यस माई डियर फ्रेंड्स ई लेता है लोन लेता है वो लोन सर्च करता है चाहे वो गवर्नमेंट बैंक से हो प्राइवेट सेक्टर से हो जैसा भी होता है क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि अगर मैं लोन नहीं लूँगा तो मेरा जो फाइनेंशियली मैं एक सिक्योर होना चाहता हूँ या मैं जो कुछ असेट क्रिएट करना चाहता हूँ या फ्यूचर के लिए कुछ मैं असेट क्रिएट करना चाहता हूँ तो वह सक्सेस नहीं हो सकता जैसे मैंने आमतौर पर देखा है कोई भी व्यक्ति जैसे ही अर्निंग चालू कर देता है पहला ही उसका महीना होता है या एक दो महीने जैसा ही उसका पेमेंट आता है वो क्या करता है थोड़ा सा मेंटली कॉन्फिडेंस आता है उसको मेंटली क्या कि अब मेरा एक इनकम चालू हो गया है और जैसे ही इनकम आता है देन वह लग्जरी बाय करना चाहता है अब वह लग्जरी बाय कैसे करता है वह क्या करता है जो पेमेंट आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा की लग्जरी बाय करता है अब वो कई गुना ज्यादा की लग्जरी बाय करने के लिए उसके पास उतना फंड तो होता नहीं है बट वह प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट बैंक से वह ईएमआई लेता है लोन लेता है और वह अपने लिए अच्छी शॉपिंग कर डालता है कई बार अपने लिए कई बार कुछ असेट्स खरीद डालता है अपने लिए कुछ जैसे बाइक है फोर व्हीलर है ऐसा जो भी उसे लगता है वह खरीद डालता है क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि मेरा इनकम एक चालू हो गया है और इस इनकम से मैं लोन कंप्लीट कर दूंगा और इस प्रकार से सभी लग्जरी वह बाई करता है माई डियर फ्रेंड मान लो एक नौजवान है और उसका इनकम है महीने का बीस हजार तीस हजार चालीस हजार पचास हजार या एक लाख तो क्या करता है सबसे पहले वह अपने लिए एक बाइक खरीदता है और वह बाइक उस उसका जो पेमेंट होता है उसमें तो एक पेमेंट में तो वो बाइक आने वाला नहीं है देन अपना जो मंथली इनकम होगा उसमें से वह ईएमआई बैंक को पेड करता है और वह बाइक परचेज करता है कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने लिए लगने वाली लग्जरी को बाय करता है किस प्रकार से लोन लेकर लेकिन वह यह भूल जाता है कि जैसे ही मैंने अर्निंग चालू किया और मैं लोन लेता हूं इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो भी लाइफस्टाइल है जो भी लिविंग है जो भी रहन सहन है वो ईएमआईस पर डिपेंड हो गया है और इसके कारण क्या होता है शुरुआत में तो ले लेता है बाइक खरीद लेता है घर के लिए लोन ले लेता है और भी कुछ लगता है तो वो लोन लोन लोन लोन लेकर वह सारे लग्जरी को बाय कर लेता है बट इससे वह अंडर प्रेशर वर्क करता है क्योंकि महीने का एक तारीख आया तो उसको पता है कि पेमेंट तो फिक्स आना है बट मुझे ई देना है और इसके कारण वो नए डिसीज़न नहीं ले सकता है क्योंकि वो ये भूल जाता है कि उसका जो इनकम है वो अनश्योर है अनप्रडिक्टेड है प्रडिक्टेड नहीं है श्योर sure नहीं है क्योंकि आज तो कई बार देखा गया है कि हमारा गवर्नमेंट जॉब हो या बड़े बड़े कंपनियों में भी अगर मेरी जॉब लगी है तो मैं उसको गारंटी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपने देखा है जो कोरोना महामारी आई थी उस समय कई पुराने बंदों को जॉब से निकाला गया ऐसा हुआ है अब अब इस EMI को हम एक एग्जांपल के तरह समझते हैं। अब मान लीजिए मुझे कुछ असेट लेना है या कुछ लेना है और उसकी कीमत 20 लाख रुपए है तो मैं क्या करता हूँ 20 लाख रुपए का लोन लेता हूँ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है छ परसेंट बीस लाख मैंने लोन लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और वह लोन मैं दस साल के लिए ले रहा हूँ तो मेरा ईएमआई हो गया बाईस हजार दो सौ चार रुपए तो अब सरप्राइज वाली बात यहाँ है माय फ्रेंड यहाँ पर कि जो मैंने 20 लाख लिया है 10 साल के लिए तो उसमें मैं टोटल इंटरेस्ट पेड कर रहा हूँ छः लाख चौंसठ हजार यस माय डियर फ्रेंड मतलब 20 लाख का लोन 10 साल में मैं कंपनी को बैंक को छब्बीस रुपए चौंसठ कर रहा हूँ कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने छ लाख चौसठ हजार से धनवान बनाया किसको बैंक को और खुद छ लाख चौसठ हजार चार रुपए से गरीब हो गया हा माय डियर फ्रेंड अब इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि बाई कीजिए सारी लग्जरी सारी लग्जरी को खरीदिए बट लोन से नहीं तो अब पीएमआई देखते हैं अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे 10 साल में कुछ असेट लेना है या कुछ लेना है मैं ऐसा सोच रहा हूं तो उसके लिए मुझे और मैंने देखा कि मुझे डिज़ायर टारगेटेड फंड कितना चाहिए 20 लाख दस साल के लिए और जो मैं 20 लाख इन्वेस्ट मुझे क्रिएट करना है उसके लिए जो भी मैं ईएमआई या जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो उससे मुझे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मात्र कितना है पाँच परसेंट तो उसके लिए मुझे मंथली कितना सेव करना चाहिए 12,826 क्वार्टरली 38,000 हाफ ईयरली छत्तर और ईयरली एक लाख इक्यावन हज़ार बट माई डियर फ्रेंड कुछ लोग कहेंगे मुझे तो अभी असेट लेना है या मुझे अभी चाहिए देन इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं माई डियर फ्रेंड ऐसी सिचुएशन में हम एक चीज कर सकते हैं अब मैंने एक लोन लिया क्योंकि मुझे असर तो अभी ही चाहिए मैंने एक लोन लिया जो कि 20 लाख का है और जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.40 है और टर्म ऑफ लोन कितना है 10 साल इसका ई 22,608 रुपए आ रहा है मतलब मैं टोटल इंटरेस्ट पेड करूंगा सात रुपए मतलब मैं टोटल पेड करूंगा लोन सत्ताईस लाख बारह हजार नौ अब उसके अगेंस्ट में मैं आपको एक पीएमआई कैलकुलेशन देता हूं कैसा अब ये तो मैंने देना है क्योंकि मुझे असेट आज ही लेना है तो मैं अब क्या कर रहा हूं कि एक महीने पीएमआई कैलकुलेशन इस असेट के लिए मैंने एक पीएमआई कैलकुलेशन पर्सनल इन्वेस्ट पर मंथ इन्वेस्टमेंट प्लान किया क्या किया मैंने अब मैंने मंथली पंद्रह हजार डिपॉजिट करना चालू किया जैसे कि मैं यहां पर बाईस हजार रुपए ई दे रहा हूं तो इसी के अगेंस्ट मैं पंद्रह हजार एक डिपॉजिट कर रहा हूं इसको भी मैं दस साल होल्ड करूंगा दस साल क्यों और दस साल ही भरूंगा क्योंकि मेरा ई एम साल का है अब माई डियर फ्रेंड 15000 अगर पर मंथ में डिपॉजिट करता हूँ अपने इस ईएमआई के लिए जो भी मैंने एसेट खरीदा उसके लिए अगर मैं पर मंथ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूँ आज से ही ताकि जब यह लोन 27 लाख का कम्प्लीट हो तो मेरे पास जीरो ना हो बल्कि इसके अगेंस्ट एक अच्छा अमाउंट क्रिएट हो जाए तो माय डियर फ्रेंड इसके लिए मैंने पंद्रह रुपए मंथली डिपॉजिट किया 10 साल के लिए और 10 साल होल्डिंग भी किया मेरा टोटल प्रिंसिपल हुआ 18 लाख और इस 18 लाख जो प्रिंसिपल हुआ इसमें मुझे इंटरेस्ट मिला दस लाख यस माय डियर फ्रेंड ये 9 परसेंट से टोटल मेरी मैचोरिटी अट्ठाईस हुआ सरप्राइज मज़ा आया ना मैंने 10 27 लाख दिया लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ पर और गरीब नहीं हूँगा मैं 27 लाख भले दे रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 28 लाख अपने लिए क्रिएट कर लेता हूँ अब मैंने ये जो पर इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर और एक मज़े की बात यह है कि जो मैं पंद्रह हज़ार पर मंथ निकाल रहा हूँ साल का एक दो लाख के करीब हो रहा है तो जो भी मैं पर मंथ पंद्रह हज़ार निकाल रहा हूँ इसके अगेंस्ट अगर मेरे लाइफ के साथ मेरे जीवन के साथ कुछ हो जाता है तो मेरे पास कवर भी है मेरे परिवार को क्योंकि जो मैंने सोचा कि अट्ठाईस लाख रुपए मेरे मेचोरिटी में मिलेगा लेकिन अगर मैं बीच में डिसकंटिन्यू करता हूँ ऐसी कंडीशन में भी मेरे फैमिली को कम से कम 20 लाख रुपए मिलेगा डे वन से किसी भी रिस्क होने के कंडीशन में तो माय डियर फ्रेंड अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे संभव है माय डियर फ्रेंड ये हो सकता है दिस विल बी यस अभी जो एक नया प्लान आया है स्मार्ट प्लेटिना प्लस इस प्लान के अंतर्गत हम यह कर सकते हैं आपको डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे दिए गए नंबर में डबल नाइन डबल टू डबल सिक्स टू जीरो थ्री नाइन व्हाट्सएप कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और यह प्लान एस लाइफ इंश्योरेंस का ही है देन थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स आपने मुझे इतना देर सुना और आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर गाइड हुआ होगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स